चलते चलते वहीं थम के रह गई है वही थम के रह गई है मेरी रात ढलते ढलते मेरी रात ढलते ढलते चलते चलते